नमस्कार मित्रों कैसे हैं आप सब तो स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आपकी एक बात में जहां पे मैं आपको अपने देश की विदेश की प्रदेश की और अपने आसपास की नई नई और अन्य ज्ञानवर्धक जानकारियों एवं विचारों को आपके साथ साझा करूंगा आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी मिल सके इसके लिए वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखे और यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमें कमेंट करके जरूर बताए और हमारे उत्साहवर्धन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले तो आइए शुरू करते हैं नंबर वन दोस्तों एक बार जरा इस श्री राम की तस्वीर को देखिए इस तस्वीर को साल 1818 में बनाया गया था इसे कब और कैसे बनाया गया था इसके बारे में कोई जानकारी नहीं इसके ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा गया है जिसका मतलब है इसे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया था लेकिन कई लोग मानते हैं की ये और भी ज्यादा पुरानी तस्वीर है बस इसके ऊपर नाम छापा गया है लेकिन सबसे कमाल की बात यही नहीं है ये तस्वीर दो साल पुराने होने के साथ ही बहुत ज्यादा कमाल भी है जैसे कि आप देखिए कैसे इस तस्वीर के ऊपर जब घड़ी रखी जाती है तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाती है ऐसे के साथ इस तस्वीर से माचिस भी जल जाती है और यही नहीं इस तस्वीर के ऊपर अगर बंद किया गया बोल्ट रखा जाएगा तो वो अपने आप खुल जाएगा यानी कि ये तस्वीर एक तरीके ऐसी मैग्नेट जैसी है लेकिन ये मैग्नेट है नहीं कई लोग मानते हैं ये इलेक्ट्रो है आरोप उस समय इसका होना एक बहुत ही बड़ा चमत्कार है Two. वो लोग मुझे तो मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं ये शब्द थे शहीद वीर भगत सिंह के इन्होंने भरी सभा में बम फेंके थे और उसके बाद ही खुद सरेंडर कर दिया क्योंकि उनका कहना था दूसरों में उन्हें पकड़ने का दम नहीं है इसके बाद भगत सिंह को 24 मार्च को फांसी देने का समय तय किया गया लेकिन इससे पूरे भारत के लोग इतने ज्यादा आग बबूला हो गए थे की ब्रिटिश अधिकारियों को डर था की उनका सारा प्लेन फेल हो जाएगा इसीलिए तेईस मार्च के रात को ही भगत सिंह सुखदेव थापड़ और शिवाराम राजगुरु को चुपचाप फांसी देने का निर्णय लिया गया जब उन्हें सैनिक ले जाने आए थे तब भगत सिंह किताब पढ़ रहे थे और किताब के बस कुछ पन्ने बाकी थे उसे पढ़कर भगत सिंह तैयार हो गए और अपने दोस्तों से मिलकर वह मुस्कुरा रहे थे जब उन्हें फांसी लगाने ले जाया जा रहा था तब वो तीनों मुस्कुरा रहे थे और गाना गा रहे थे सोशी अपनी मौत के पहले उनके चेहरे आरोप ऐसी मुस्कान थी जिसे देख अधिकारी डर गये थे इसके बाद पूरे जेल में इनकला जिंदाबाद के नारे लगे और उन्होंने फांसी को चूम कर उसे अपना लिया इसके बाद उनके शरीर को टुकड़ों में काटकर जलाने लेकर जाया जा रहा था क्योंकि उन्हें डर था कि लोगों को इसके बारे में पता चला तो लोग आग बबूला हो जाएंगे और जब इनके शव को जलाया गया था तब आसपास के लोग वहां पहुंच गए जिससे डर के उनके शव को पानी में डाल दिया गया लेकिन लोगों ने शव को निकालकर अच्छे से अग्नि संस्कार दिया नंबर थ्री आज कोरोना महामारी को देखने के बाद हमें लगता है जैसे की सबसे खतरनाक कोविड ही है लेकिन ऐसा नहीं है ट्यूबर एक ऐसी बीमारी का नाम है जिसने आज भी लोगो को जकड़े रखा है एक ऐसी बीमारी है जो कि कई हजारों सालों से इंसानों के बीच है आमतौर ट्यूबरक्लोसिस ट्यूबर की कीटाणुओं को हमारा शरीर मार देता है लेकिन अगर किसी का इम्यून सिस्टम कमजोर है उसे कोई और बीमारी है या फिर अगर कोई महिला गर्भवती है तो फिर ट्यूबरक्लोसिस को इनका इम्यून सिस्टम नहीं मार पाता जिस वजह ऐसी ये बहुत ज्यादा घातक हो जाता है एक वक्त था जब भारत में हर रोज हजार ऐसी ज्यादा लोग ट्यूबर क्लोसिस से मर रहे थे ये एक वायरस नहीं था उसके बाद भी ये इतना ज्यादा फैल चुका था हालांकि हाल ही के कुछ सालों में भारत को इससे थोड़ी राहत मिली है लेकिन ट्यूबरक्लोसिस किसी को भी हरा सकता है इसीलिए साफ सफाई रखें, अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर करें और कसरत करें। नंबर फोर दिलीप जोशी भारत के कैसे खिलाड़ी थे जिन्होंने टूटे पैर के साथ पाँच विकेट ली इनके पैर की स्थिति इतनी ज्यादा बुरी थी की रोज रात को इन्हें पैरों में इलेक्ट्रोड लगा झटके दिए जाते थे ताकि सूजन न बढ़े और सुबह ये पैर को बर्फ में रखते ताकि जूतों में पैर फिट हो सके लेकिन इस महान खिलाड़ी को आज देश भूल चुका है क्योंकि इन्हें अपनी जिंदगी में काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी इनका स्वभाव तलखंदास वाला था यानी कि ये झूठ और गलत चीजें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे उन्होंने भारतीय क्रिकेट के बारे में काफी काले राज भी साथ में इनकी और सुनील गावस्कर की भी बिल्कुल नहीं जमती थी इनका कहना है की भारतीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा पैसों का बोलबाला है और बीसीआई खुद एक गवर्नमेंट अथॉरिटी से कम नहीं है इनकी किताब स्पिन पंच में इन्होंने भारतीय क्रिकेट के कई काले राज खोले हैं नंबर no. फाइव दूसरे no. विश्व युद्ध no. के दौरान इंसान पूरी कोशिश कर रहे थे एक दूसरे को मारने की इसीलिए उस वक्त न्यूक्लियर बम पहली बार किसी देश के ऊपर गिराए गए थे जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था लेकिन एक ऐसा व्यक्ति था जो की दोनों न्यूक्लियर बम ऐसी जिंदा बचा था इसका नाम है सुतोमू या और ये एक बिजनेस ट्रिप ऐसी गए थे तभी वहां पर दुनिया का पहला एटॉमिक बम गिरा जिसने पूरे शहर को तबाह कर दिया इसमें इनका शरीर बहुत ज्यादा बुरी तरीके से जल चुका था और ये थोड़ी बहुत अंधे भी हो चुके थे इसीलिए इलाज करवाकर तुरंत इन्होंने अपने घर जाने का सोचा और नागासाकी की ट्रेन बुक कर ली। और जैसे ही वो नागा में पहुंचे तो वहाँ पर और एक न्यूक्लियर बम गिरा जिसमे भी उन्हें काफी ज्यादा चोट आई लेकिन किस्मत ऐसी दोनों में जिंदा बच गए और तिरानवे साल की लंबी जिंदगी के बाद दो दस कम्प्लीट की नंबर सिक्स रबर का इस्तेमाल आज लगभग हर एक चीज में होता है लेकिन उसके काले सच के बारे में आप नहीं जानते होंगे रबर का जो पेड़ होता है जिससे लेटेक्स निकाला जाता है वो लगभग कहीं पर भी उग जाता है लेकिन उन्हें उगाने के लिए ऐसे देशों को चुना गया था जो इतने ज्यादा डिवेलप ना हुए हों जिसके बाद यहाँ के किसानों ऐसी बहुत ही ज्यादा कम पैसों में या फिर दादागिरी ऐसी जमीन को खरीद कर, पूरे जंगल को काट कर उसे लेटेक्स के पेड़ में बदल दिया अब यहाँ के किसान भूख प्यास से मर रहे हैं क्योंकि जिस खेत पर वो पहले अनाज उगाया करते थे वहाँ पर अब ऐसे पेड़ उगे हुए हैं जिसे खाया नहीं जा सकता साथ में पहले जानवरों का शिकार करते थे लेकिन अब कंपनी के वर्क की वजह से जानवर भी यहाँ से भाग गए हैं यानी कि गुजर बसर करने का इनके पास कोई तरीका नहीं बचा है उन्होंने सरकार को कई बार लेटर लिखे और काफी कोर्ट केस किए लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला आप भी रबड़ का रोजाना इस्तेमाल करते होंगे लेकिन इसके काले सच के बारे में नहीं जानते होंगे नंबर सेवन आज के वक्त में ड्राइविंग लाइसेंस लेना कोई बड़ी बात नहीं है अगर एक बार में नहीं तो दूसरी बार में ज्यादातर लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस मिल ही जाता है लेकिन वहीं पर मिली ब्रिटेन के सैतालीस साल की ईसा बेला स्टेट्समैन से, जो कि पिछले 30 साल ऐसी लाइसेंस लेने की कोशिश कर रही है लेकिन इसके बावजूद आज तक इन्हें ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिला है क्यूँकी ये हर बार ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट में फेल हो जाती है सोचिए पिछले तीस से कोशिश कर रही है यानी कि इन्होंने कितनी बार कोशिश की होगी क्योंकि लोग हर एक महीने के प्रैक्टिस के बाद ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट दे सकते हैं लेकिन इसके बावजूद ये आज तक पास नहीं हो सका है इन्होंने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की है उसके बाद भी कुछ ना कुछ गलती हो जाती है इन्होंने एक लाइसेंस देने के लिए ग्यारह लाख ऐसी ज्यादा रूपए खर्च कर दी लेकिन आज तक इन्हें लाइसेंस नहीं मिला तो मित्रों कैसा लगा आज का ये हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा तो मिलता हूँ आपसे अपने नए वीडियो में एक नए विषय की नई जानकारी के साथ तब तक इंतजार कीजिए और नए नए वीडियोस की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नमस्कार